नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल अमेठा एजुकेशन पर आज एक विशेष समस्या के ऊपर वीडियो हमने बनाया है जो लगभग आपकी हमारी सभी के साथ गठित होती है पे मैनेजर पर बग़ैर मोबाइल नंबर के चूंकि लॉगिन करना संभव नहीं है पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ टी जनरेट होता है उसके उपरांत हम लॉगिन कर पाते हैं कई बार होता ऐसा है कि या तो हमारा मोबाइल नंबर गुम हो जाता है या किसी कारणवश मोबाइल नंबर नहीं चल पाता है या नहीं चल, एक्टिवेट होता है इस परिस्थिति में या हम स्वतः चाहते हैं कि अपना मोबाइल नंबर हम बदल लें तो पे नज़र पर हम मोबाइल नंबर कैसे बदलें ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सभी कर्मचारियों के सामने होती है हम स्वयं अपने रिक्वेस्ट वीडियो को मोबाइल नंबर चेंज करने की किस प्रकार से भेजेंगे यही सारी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी छोटी से छोटी अपडेट भी आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके आइए चलते हैं अपने पे मैनेज़र पर और देखते हैं किस प्रकार से हम मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे हम आ गए हैं पे मैनेज़र की साइट पर यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है यहाँ पर नीचे नीचे एक विकल्प दिया गया है फॉरवर्ड पासवर्ड का हमें इस पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम एक नई विंडो पर पहुँच जाएंगे पॉपअप स्क्रीन पर और इस स्क्रीन के अंदर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ऑप्शन दिया गया है पासवर्ड रीसेट का और दूसरा दिया गया है मोबाइल नंबर चेंज का यदि हम पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो हम इस विकल्प का चयन करेंगे और मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो हम मोबाइल नंबर चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ अपनी जानकारी देनी होगी जैसे कि एम्प्लॉय आई हमें भरना होगा हमें बैंक डिटेल भरनी होगी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और मोबाइल नंबर जहाँ पर हमें ओटीपी लेना है ये भरकर हम सबमिट करेंगे सबमिट करने के बाद ये रिक्वेस्ट डी को फॉरवर्ड हो जाएगी और डी डी वहाँ से अप्रूव करेगा और उसके उपरान्त हमारा मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा ये था मोबाइल नंबर अपडेट करने का सरल और आसान तरीका जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना वीडियो में जानकारी यदि अच्छी लगी हो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद